बर किसे कहते हैं इसके बारे में कहने वालों ने बहुत कुछ कहा है वावेला ना करना मुंह पे तमाचे ना मारना ना शुक्री का कलेमा ना कहना आजा का ऐसा इस तलाब के जो शरीयत में ना महमूद हो उसका सरजद ना होना सबर के बड़े मफाहीम हैं लेकिन सबर का मफूम मैंने एक ये भी पढ़ा है कि साबिर वो है जिसके मामूले इबादत में फर्क ना आए पहली सफ में खड़ा होने की आदत थी नमाज पढ़ता था जहां बेटा फौत हो गया अजान पुकारी गई तो पहली सफ में खड़ा पाया गया नमाज कजा नहीं हुई आप कहेंगे बंदा साबिर है घर में मैयत पड़ी है नमाज कजा नहीं हुई जिसके मामूले इबादत कजा ना हो वो साबिर कहलाता है सुबह उठ के कुरान पढ़ने की आदत थी घर में मैयत पड़ी है चलो दोपहर को तदफीन होनी है नमाज पढ़ी तो तिलावत आज भी छोड़ी नहीं है हम कहेंगे बंदा साबिर है अगर सबर की यह तारीफ है कि मामूल इबादत ना हो तो साबर कहलाता है तो फिर इस तारीफ के आईने में मामे हुसैन को देखो इकहत्तर लाशें पड़ी है, अपना बदन जख्मों से चूर है मोहतात रिवायत यह है कि आपका जब पैराहन उतारा गया तो एक तीर जख्म तलवारों के थे और चौथी टूट गए थे और घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए साबर ऐसा है कि इबादत का वक्त आ गया सजदा कज़ा नहीं होने दिया ऐसा साबर है कि सजदा कजा नहीं होने दिया आते ही पेशानी सजदे में रख दिया अल्लाह रजान बेकलीमल का सब कुछ कटा के और बच्चों की लाशें पड़ी हैं हुसैन के खून बह रहा है लेकिन हुसैन फिर भी हाजिर हो गया तेरे अमर को तस्लीम करते हुए और आने वाली मुश्किलों पर सब्र करते हुए और हुसैन तेरे हुक्म पे राजी है तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या आके नहीं हुआ आवाज आ रही है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है और ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है आबिद ऐसा कि मामूल इबादत कजा नहीं हुआ सजदा कजा नहीं हुआ अब आप जानते हैं कि इमाम हुसैन का सर जो था सजने में झुका हुआ था कि दस्ते कातिल ने सरेनवर काट लिया और फिर सरेनवर को काट के निर्जे की नोक पर चढ़ा दिया यज़ीदियों ने इसलिए किया कि अपने लश्कर को तसली दें कि हम कामयाब कामरान हुए हैं देखो सर हुसैन कट के नेजे की नोक पर चढ़ गया तो जब उन्होंने नेजे की नोक पर सरे हुसैन चढ़ाया तो लश्कर सही आवाज आई ये कैसा सर है जो कट के भी सरबुलंद है इसकी सरबुलंदी अब भी नहीं गई अब भी यह ऊंचा है और जब सरेवर नेजे की नोक पर चढ़ाया गया तो इस अंदाज से चढ़ाया गया कि कटी हुई गर्दन का रुख आसमान की तरफ और सलीनवर का रुख ज़मीन की तरफ तो किसी शायर ने तखयल बाँधा ब आँ के सर नेजे पर और सूए ज़मीन है